राइट टाइम टू ड्रिंक मिल्क दूध पीने का सही समय और इसे कब पीने से हो सकता है नुकसान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेलकी को दबा दे हम ब्यूटी हेल्थ फिटनेस के वीडियो लेके आते रहते हैं ज्यादातर लोगों को दूध पीना पसंद होता है ऐसे व्यक्ति के लिए दूध पीने का वैसे तो कोई टाइम नहीं होता है लेकिन अगर उनकी सेहत की बात की जाए तो आयुर्विज्ञान के अनुसार गाय का दूध पीने का सही समय रात में होता है आयुर्विज्ञान के अनुसार दूध के अंदर स्लीप गुण होते हैं और यह सुपाच्य नहीं होता है इसी वजह से इसे सुबह नहीं पीना चाहिए लेकिन अगर के से बात की तो, इसको ले कोई पूरी तरह से व्यक्ति की सेहत और डाइजेशन सिस्टम पर काम करता है की व्यक्ति कब दूध पिए तो अब जानते हैं दूध का सेवन कब करना चाहिए दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है लेकिन इसे पीने का सही और अच्छा समय क्या है इसे लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में असमंज की स्थिति रहती है सुबह दूध पीने से क्या फायदे हैं? दूध में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं इसे अगर सुबह के नाश्ते के साथ शामिल किया जाए तो यह आपको कई तरह से स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाता है जैसे कि यह आपके बोन्स को मजबूत बनाता दूध में मौजूद कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम प्रोटीन विटामिन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको दिन भर एक्टिव रखते हैं दूध पीने का सही समय सुबह दूध पीने से क्या नुकसान है दूध सुपाच्य नहीं होता है इसे पचाने में लगता है। इससे जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है उन व्यक्तियों को सुबह दूध पीने से दिन भर पेट में भारीपन महसूस होता है कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और इंडाइजेशन की समस्या भी पैदा हो जाती है रात में दूध पीने के क्या फायदे है अगर हम रात को सोने से पहले दूध का सेवन करते हैं तो आपका पेट रात भर भरा भरा रहता है और हमें भूख नहीं लगती है इससे रात को भूख नहीं लगती और नींद नहीं टूटती और हम आराम से सो सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार रात को गर्म दूध पीने से माइंड रिलैक्स रहता है शरीर की मांसपेशियों में बहुत आराम मिलता है जिस कारण से नींद अच्छी आ जाती है रात में दूध पीने के क्या नुकसान हैं? जिस व्यक्ति को लेक्टो इंटॉलरेंस की समस्या रहती है उस व्यक्ति को रात में दूध पीने से बचना चाहिए और जिस व्यक्ति को इंसुलिन की समस्या है उसे भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही दूध का रात में सेवन करना चाहिए क्योंकि अगर वह व्यक्ति रात को दूध पीता है तो हो सकता है कि उसका इंसुलिन लेवल बढ़ जाए तो दूध कब पिए हेल्थ लाइन के अनुसार दूध को किस समय में पीना बेहतर रहता है इसका कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं मिलता है परंतु अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वर्कआउट करने के बाद दूध को पीना सही समय होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस